Oi! Keda na to! Keda na to! Keda na to! Abe rassi phek! Hey! Yele! Yele! Abe galti rassi pakadu! No no no no. Oh, oh, oh.